हेलो क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो सभी साथियों को बहुत बहुत वेलकम है पीवीआर स्टडी परिवार में एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं लाइव और आज कुछ नया करने वाले हैं आप सबको पता है कि आज है मंडे और मंडे को आपकी ये लाइव क्लास होती है है ना उलझी हुई हर बात को सुलझाने की जिद है उलझी हुई हर बात को सुलझाने की जिद है जो नहीं है तकदीर में उसे पाने की जिद है उलझी हुई हर बात को सुलझाने की जिद है जो नहीं है तकदीर में उसे पाने की जिद है इस इस दरिया दरिया में में तूफान बहुत में तूफान बहुत बहुत है है इसके साहिल पे हमारी घर बनाने की जिद है नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी मैं आपको पता है कि इस समय आप लोग बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे और ये एक रेगुलर बैच हो रही है जिसमें हम सिस्टम से पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं अभी तक मुझे लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही इसलिए थोड़ी सी मायूसी थी लेकिन अब मुझे क्लियर हुआ कि यहां सब ठीक है आप लोग भी बता दीजिए कि यहां सब मस्त है रूबी गौतम जय हिंद अनिल वर्मा कन्हैयालाल यादव मोहित सौरभ कुमार पिंटू कुमार एम आदिल राही सूरज और मनु तिवारी सॉरी मनु तिवारी प्रांजल कविता सिंह मोहित सरवण गोस्वामी अरुण और अमित पटेल सभी का बहुत बहुत वेलकम है और भी बहुत से छात्र जुड़े हैं तो भैया आज और जल्दी फटाफट रात के दस बज चुके हैं कुछ लोग तो सो चुके हैं ठंडी में हाँ क्योंकि जो मजा है सोने में वो नई दुनिया के किसी कोने में और जिनको कुछ करना है लाइफ में वो जग रहे हैं चलिए तो आज क्या क्या पढ़ना है पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज टॉपिक क्या क्या है लाइव नंबर तो आपको मालूम है कौन सी है ये पांच नंबर है हाँ ये रेगुलर क्लास है सप्ताह में तीन दिन आप इसे देखते हो ठीक है आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंकों को शब्दों में लिखना मतलब अंकों को शब्दों में लिखना पढ़ेंगे ठीक है ये पहला टॉपिक है अंकों को शब्दों में पहले ध्यान दीजिए यहां पर दूसरा क्या पढ़ेंगे सामान्य संख्याओं का स्थानीय मान ठीक है दिख तो रहा ना स्थानीय मान मतलब प्लेस वैलू या फिर बात करें यहां पर पूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान ठीक है समझ रहे हो ना आप सभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मैथ की भाषा में इसे पूर्ण संख्या बोलेंगे और जिन लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है ना अभी शुरू शुरू में वो लोग इसको पढ़ के बताएं क्या लिखा है इसको पढ़ के बताएं उसके बाद इसको बताएंगे इसका नाम बताएं संख्या में कैसे बोलेंगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ना तो इसको हम बोल देते हैं कि एक है ना वैसे वो दोनों का नाम बताएं मुझे कैसे क्या पढ़ेंगे इसको तब तक मैं इधर टॉपिक क्लियर कर देता हूँ ठीक है आ, क्या करेंगे भैया अपूर्ण संख्याओं का स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ होल नंबर ये करेंगे और दशमलव संख्याओं का यानी जो अपूर्ण संख्याएं होती हैं इनका भी हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान ये बड़ा कठिन होता है दशमलो वाला ना ऐसा लगता है जिन लोगों को नहीं आता है बाकी बहुत आसान है मैथमेटिक्स एक बहुत ही लवली सब्जेक्ट है अगर आप थोड़ी सी भी मोहब्बत कर लो इससे ना जितना उससे करते हो जिससे बेवफाई और धोखेबाजी हो जाती है ना उसका आधा परसेंट भी इससे कर लो देखो कभी ये मतलब धोखा नहीं देने वाला है है ना बुकें बहुत ही वफादार होती हैं आप पढ़ो तो कभी चलें आगे ये चीजें पढ़ेंगे आ, और भी जो भी अगर टॉपिक आता है बीच में टाइम तो हम उसको भी कवर करेंगे इतना चीज क्लियर है इसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक मैंने कुछ सवाल पूछा था भैया तुम ही लोग से पूछा था इसको पढ़ेंगे तिरपन हजार दो सो सत्रह तिरपन हजार दो सौ सत्रह है नो तो पीछे से गिनना पड़ेगा हा? गिनना पड़ेगा ना इसको पढ़ेंगे तिरपन लाख उनतीस हजार तीन सौ अठहत्तर लेकिन ये कैसे हम समझ गए कि तिरपन लाख है ये तिरपन है ये चीज बड़ी बात है हम यही तो सीखने वाले हैं हम्म यही तो सीखने वाले हैं रूबी गौतम ने कहा तिरपन हजार दो सो सत्रह अच्छा इतना देर में ऐसे तो बयान हो जाए फिर चलो और कोई एनीमन कोई नहीं ट्राई किया चलिए ठीक है मैं बताता हूं स्टार्टिंग से देखिए साथियों बहुत ही आसान है आपके सिलेबस में है चैप्टर में इसलिए मुझे स्टार्टिंग इस से ही बताना है और पानी तो इस समय इतना ठंडा है ना कि मतलब पूछो ना क्या होने वाला भाई मतलब कहते ना चार दिन तक खाने को ना मिले ठीक है लेकिन नहाना न पड़े ठंडी में चलो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कपड़ा ना मुझे पानी में भिगो के तब यहाँ पहुँचना पड़ता नहीं थी मिटता नहीं है ठीक है तो कैसे पढ़ते हैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ देखिए आप समझिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार आ, सुने हो कि नहीं हम्म सुने हो ना आ, तो चलो बता ही देता हूं <coughs> देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक नंबर देके उसका एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा हम्म नंबर के माध्यम से ठीक है थोड़ा सा रुक जाओ भैया एक मिनट यही तो मेरी कमी है ये पोछने रगड़ने वाली देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिखा सात तीन दो समझिए इसको क्या पढ़ेंगे आ, पूरा सिस्टम में बता रहा हूँ समझते जाइए ठीक है देखिए ठीक है ओके डन इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ हम सिर्फ यहीं तक आपको बताएंगे भी करोड़ के ऊपर नहीं बताने वाले हैं क्योंकि इतना ही आपके पाठ्यक्रम में है तो मैं उतना ही पढ़ाऊंगा एक भी पॉइंट में इसमें ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कोई विशेष मतलब का नहीं है हाँ कहीं आपको इससे बड़ा पढ़ना नहीं पड़ेगा न तो आप इससे ज्यादा पैसा कमा के रखे हो और न इससे ज्यादा कुछ लेने वाले हो तो करोड़ तक बहुत है ना चुलबुले जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है श्रवन गोस्वामी आप कब सोते हैं भाई भैया तुम्हें सब बताऊंगा कब कब क्या क्या करते हैं रुके रहो थोड़ा सा ठीक <coughs> है तो ये क्या है ये है इकाई हा? ये क्या है ये है दहाई जो मैं लिख रहा हूं इसको लिख लीजिए तभी समझ में आएगा ये क्या है सैकड़ा अभी इंग्लिश में भी बताऊंगा इंग्लिश में इसको बोलते हैं वंश टें हंड्रेड ठीक है इंग्लिश में बताऊंगा थोड़ा सा सब रखिए इसको बोलते हैं फिर ऐसे क्या होता है हजार ये हो जाता है दस हजार दिख तो रहा है ना जिसका नेटवर्क गड़बड़ होगा इंटरनेट ना भैया बाबू वो अपना थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी चेंज कर लीजिए YouTube में सेटिंग होती है ना ऊपर क्वालिटी बदलने का एक्चुअली क्या है जो ऐटोमेटिक इंटरनेट पे रहता है ना जिनका इंटरनेट गड़बड़ रहता है उसको अच्छा नहीं दिखता है ये होता है तो आपको लगता है कि मेरा वीडियो डीओ खराब है नहीं हम फुल एचडी में आपको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम होगी ठीक है तो आप सही कर लीजिए अगर किसी का गड़बड़ है तो देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार उसके बाद क्या होता है लाख ये मटकी से लिखने में ज्यादा अच्छा बन है लेकिन बड़ी महंगी ये सयाही ज़्यादा खाती लाख के बाद दस लाख ठीक है समझना पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताऊंगा टाइम भले लग जाए लेकिन एक एक को समझ में आना चाहिए हा ठीक है चलिए उसके बाद करोड़ ठीक है अब समझिए ये।, ये कितने डिजिट का है पहले इसको गिन लीजिए कितने डिजिट का है भाई मोटकी कहने से कोई चिड़ रहा है हाँ कहने में मजा भी बहुत आती है चलो बाद में बताएंगे आगे कहानी देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ कितना है आठ न आगे भी बढ़ा सकते हो करोड़ के बाद दस करोड़ फिर अरब ऐसे कुछ होता है ना लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब खरब फिलहाल हम लोग यहीं तक अभी सीखते हैं अभी छोटे हैं ना बड़े हो जाएंगे तब तक जब तक लड़के बच्चे होंगे चलो देखो आगे देखिए हाँ तो अब भैया यहाँ पे समझना ये बताओ जो ऊपर नंबर लिखी है ऊपर जो नंबर लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे एक बार बता दो तो हु? जैसे होता नहीं कौन कौन लड़का कौन कौन लड़की अगर नंबर मांगता है अगर वो ऐसे बता दी लिख ले बेटा लिख ले नौ अरब बहत्तर करोड़ सतानबे लाख अस्सी तो मैथ का स्टूडेंट नहीं होगा तो लिख नहीं पाएगा समझ रहे, हो ना? <laughs> समझ रहे हो कि नहीं पड़ रहा, है, नहीं है? आ, तीन, तीन रहा है। दो और बढ़ा दे और बढ़ा लो जिससे कि मोबाइल नंबर बन जाए ठीक है चलो और बढ़ा लेते हैं चार इस पर मैंने लिख दिया इधर साइड मुझे कैमरा थोड़ा घुमाना पड़ेगा अभी रुकना भागना नहीं कहीं कैमरा मैं घुमा दूंगा इधर टेंशन मत लेना और संयोग बस अगर ये किसी का नंबर बन जाए ना तो ये एकमात्र संयोग होगा मैंने लिखा अनजाद करके ठीक है चलो तो भाई इसको क्या पढ़ेंगे इसको खींच के यहां ला रहा हूँ देखना ध्यान देना करोड़ के बाद क्या होगा दस करोड़ हाँ और करोड़ के बाद क्या आता भाई अगले स्टेप में लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ के बाद अरब ना हम्म अरबी तो आता है भाई देख के बता दो मुझे कहीं से नकल करके यही तो होता है चलो अब मुझे बताओ जल्दी से फटाफट आपके पास दो मिनट का टाइम है इसे टोटल कैसे पढ़ेंगे हम लोग जैसे मैं थोड़ा सा डेमो बता दू आपको चौरानबे अरब तिहत्तर करोड़ पच्चीस हजार ऐसे कुछ करके पढ़ेंगे क्या चलिए छोटे से पहले हम लोग पढ़ते हैं फिर बाद में बड़ा वाला देखेंगे पहले छोटे से छोटे से आ जाओ भाई देखिए यहां पर समझना जैसे मैंने लिखा तीन सात पांच ठीक है तो मुझे उम्मीद है इसको लगभग सब पढ़ लेते हैं इसको लगभग हर कोई पढ़ लेगा कि तीन सौ पचहत्तर होगा लेकिन अब पचहत्तर तीन सौ कैसे होगा आइए बताते हैं देखिए इसको क्या बोलते हैं भैया इसको बोलते हैं इकाई इंग्लिश वाले भी सुन ले लिखूंगा नहीं इंग्लिश में क्योंकि हमारे अधिकतर स्टूडेंट सब हिंदी वाले हैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाते वो देशी भाषा में बोलते हैं देखो इंग्लिश में इसको बोलेंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन लाख टेन लाख करोड़ सर ये नहीं पहले ये बोलेंगे ये ठीक है करोड़ फिर दस करोड़ फिर अरब ओके इंग्लिश में ऐसे होता है अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करें तो ये सब खिचड़ी हो जाएगा हाँ आप कहोगे एक बार हिंदी में बताया फिर इंग्लिश में फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में फिर आपके दिमाग में ना रत्ती पर बैठेगा नहीं इसलिए मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसमें बात नहीं करूँगा और मुझे लगता आपके सिलेबस में भी नहीं है ठीक है अगर होगा सिलेबस में तो बताएंगे चलो आगे बात करते हैं हाँ तो भाई इसको क्या बोलते हैं इकाई इंग्लिश में इसको बोलेंगे वंश वंश इसको क्या बोलेंगे दहाई इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेंस इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा का मतलब होता है सौ ठीक है इंग्लिश में इसको बोलते हैं हंड्रेड क्या बोलते हैं हंड्रेड हम्म तो जिस पे हंड्रेड आ रहा है उसको आप सौ बोलोगे ठीक है क्या बोलेंगे उसे So, so, बोलेंगे तो और सैकड़ा मतलब सो तो तुम बोलो तीन सौ क्या बोलोगे भाई तीन को पकड़ लो तीन और उसके बाद सैकड़ा आ रहा है यह सेवन फाइव सेवेंटी फाइव तो तुम बचपन से पढ़ते आयो गिनती भैया पचहत्तर तो पहचान ही जाओगे दो अंक वाली गिनती इसमें तो मुसीबत है नहीं किसी को पहचान जाओगे ना तो क्या बोलेंगे तीन सौ पचहत्तर वैसे खुदा ना खासता मान लो इसमें एक गिनती और आगे बढ़ गई होती तब का होता हम देखिए आगे आ, एक दो तीन ना इसमें ले लो चार एक गिनती मान लो और आ गई तब क्या होगा है बड़ी मुसीबत आई है देखो इधर ये एक और बढ़ गया ना सैकड़ा फिर ये क्या हो गया हजार क्या हो गया ये हजार इसको बोलेंगे थाउजेंड थाउजेंड ठीक है तो अब समझना कहानी अलग हो गई अब अब तीन से काम नहीं चलेगा अब क्या होगा हम्म अब क्या होगा अब भाई यहां पर आ जा रहा है इसका क्या पढ़ रहे हैं हजार ना तो आप बोलोगे हजार लेकिन कब पहले उस गिनती का नाम बोलोगे गिनती का नाम बोलने के बाद तब उसका नाम बोलोगे नीचे जो है जैसे होता नहीं शादी हो जाती है कहीं नाम बताते हैं ना तो पहले हस्बैंड का नाम बताते हैं फिर अपना देखो इधर समझो तो क्या हो जाएगा ये कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे हमारा एग्जाम्पल अभी बाद में डिटेल में बताएंगे ये चार है ना तो बोलेंगे चार फिर हजार यानी चार हजार, फिर तीन सौ फिर पचहत्तर हरा समझ में ना अब इससे छोटा मैं क्या बताऊ इतना टाइम तो इसमें ऐसे लग जाता है कुछ लोग वैसे करी आते हैं मन मन पता नहीं कहा पड़ा आ रहा इतना छोटा छोटा रूबी गौतम ठीक है रूबी बहुत अच्छे वेरी गुड इसको इतना छाप लीजिए आप लोग हो गया डन चले आगे तो आप लोग मुझे इसी तर्ज पे एक बता दो पहले बता दो तभी आगे बढ़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं ये बताओ भैया चलो इसको जो बता लेगा ना हम जान लेंगे कि आप सीख गए हो थोड़ा दो स्टेप आगे जल्दी बताइए भाई आवाज कहीं नहीं जाने वाली मैं जानबूझ के बंद किया था अरे कभी कभी बीच बीच में परेशान करना भी तो जरूरी है ना नहीं तो तुम लोग सो रहे हो आ, कुछ तो ऐसा आराम से रख के रो गया होगा तो धीरे धीरे मम्मी लोग सुन रही होंगी हाँ पढ़ रहा है बेटी अब पढ़ रही है बेटा उन पढ़ रहा है और फिर आवाज बंद हो गई तो सोचेंगे अरे लग रहा क्लास वो बंद हो गई का तो कम से कम मम्मी झांकने तो आएंगी देखने तो पता चल जाएगा ना तुम सो रहे हो पढ़ रहे हो क्या पढ़ेंगे इसको और इसको भाई कन्हैया बहुत अच्छे कन्हैया वेरी गुड वेरी गुड कन्हैया जी बहुत अच्छे इसको बता दो क्या होगा चलो जल्दी करो फटाफट फटाफट बताए रहो हम्म हो गया आगे बढ़े जल्दी करिए आठ हजार पैंतीस मन्नू तिवारी बहुत अच्छे वेरी गुड और कोई यानी मन भाई जल्दी जल्दी बताओ यार ऐसे मजा नहीं आ रही एक और बताइए फिर हम आ लोग आगे बढ़ते हैं इसको क्या बोलेंगे ये थोड़ा अलग है थोड़ा लॉजिक मतलब थोड़ा लगाना पड़ेगा इसमें एक्स्ट्रा चलें ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड देखिए आप लोग अगर कोशिश नहीं करोगे तो हम बंद कर देंगे जान लो बिल्कुल मजा नहीं आ रही मतलब हम ऐसे बड़बड़ाते रहेगा अरे कुछ तो होना चाहिए कोई सुनने वाला आप ये समझ लो कितना मुश्किल होता है बंद कमरे में पढ़ाना जहां कोई ना हो हा? बगल वाला कहता है ससुरा पागल हो गया चिल्लाता रहता रहती या ऐसे समझ लो भाई कोई किसी से बात करता तो आगे कोई होना चाहिए ना आप सोचो यहाँ क्या है यहाँ एक ऑपरेटर आप, भी नहीं बैठा रात में मैं अकेले सब देखता हूँ लैपटॉप मेरे सामने आप समझ रहे हो ना अगर बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में थोड़ा हाव भाव दिखता है कोनो इधर मुंह टेण कर रहा है कोनो हफ रहा है कोनो रो, रो रहा है कुछ भी कर रहा है यहाँ तो कोई है भी नहीं ये दिवाले दिख रही चारों तरफ लाइट दिख रही है कैमरा दिख रहा है लैपटॉप दिख रहा है और क्या दिख रहा है अब मैं तुम लोग कमेंट भी ना करो तो मैं क्या करूँ किससे पड़बड़ा हूँ भाई कुछ तो करो चलो सौरभ रूबी प्रीति ठीक है और कोई एनिवन? हाँ तो फिर आगे बढ़े इसमें अगर आप लोग कहो तो और आगे मैं बता दूं, लेकिन इसमें और आगे का मुझे नहीं लगता कोई मतलब है अरब दस अरब होता है फिर खरब होता है दस खरब होता है हाँ नील होता है दफ नील पदम दस पदम ऐसे से बढ़ता जाता है लेकिन कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ये सब आप लोग समझ गए राहुल शर्मा देखो जो चुपचाप देख रहा है ना अब मुझे गदियाने का मन कर रहा है उसको सही बता रहे मतलब जो कमेंट नहीं कर रहा है अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसी बात कर रहे हैं सही बता रहे चुपचाप मत देखो कुछ ना कुछ बोलते रहो चलो ठीक है इतना हो गया तो अब क्या करें देखो इधर साइड समझो देखिए हमारी कोशिश होती है कि आप लोग जागते रहें इसलिए हम कुछ इधर उधर की बातें भी बोलते रहते हैं नहीं बहुत मुश्किल होता है जगाना ठंडी में ठंडी में जो बिस्तर में घुसा हुआ है मोबाइल लेके वो पढ़ के आ रहा है भगवान ही जाने तो उसको जगाने के लिए कुछ बीच बीच में बातें बोलना जरूरी होता है जिससे वो जागता रहे है ना तो ये हो गया आप लोग इसको कर लोगे आगे बढ़े इसमें कुछ और देते हैं कुछ अलग सा थोड़ा बड़ा सा ना हम अभी तक आपको केवल दस तक ही बताए हैं हजार तक ही बताए न देखिये यहाँ पे समझिए जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी तक आपको मान क्या लेते हैं चार ही गिनती तक बताया था अब पांच गिनती तक बढ़ा लेते हैं बताइए इसको क्या पढ़ेंगे ये थोड़ा एक अंक और बढ़ गया ना बढ़ गया ना ठीक है नेक्स्ट टॉपिक नहीं बच्चा पहले टॉपिक तो अभी पूरा होने दो तो। इसको क्या पढ़ेंगे देखिये ऐसे गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस यहां पर एक चीज समझना आपको अगर जहां दस आया आप ये बताओ दस में दो गिनती होती ना अरे दो गिनती नहीं दो अंक होता है होता है ना होता है अरे नेक्स्ट टॉपिक वाले थोड़ा सबर रखो हाँ थोड़ा सबर रखो अभी तो सब बचा है इसमें देख के ही कह चलो अरे पिक्चर तो बाकी है देख लो देख लो देख लो नहीं तो जिसको ज्यादा छटपटी मची है मैं उससे पूछ लेता हूँ कुछ हम्म तो समझिए जहां पर दस वर्ड आता है वहां पर दो गिनती लेके बोला जाता है दो अंक मिला के ठीक है जैसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार फिर दस हजार अगर दस आया तो क्या करेंगे हम जहां पर दस आया जैसे देखिए समझते चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार वन पे क्या है हजार फिर दस हजार अगर दस जैसे निकला मुंह से वैसे दुई गिनती कब्जिया लो दस हजार का मतलब दिनों गिनती मिला करके तब बोलोगे उतना हजार कितना हजार मतलब फिफ्टी वन थाउजेंड समझ समझ में में? आया? आया समझ में? अच्छा एक इसमें और बढ़ा देते हैं। अगला वाला देखिए थोड़ा, थोड़ा थाली वाली लेके आऊ आरती उतारू क्या करूं बताओ लाइक तो करिए ना यार देखिए आप ही लोग तो है और कौन है तो नहीं वो कौन सा तेरे सिवा और नहीं कोई दूजा मुझे थोड़ा गाना कम आता है अब सीखूंगा रात में गाना भी पड़ेगा नहीं तो आप लोग सोएंगे पढ़ेंगे कब देखिए समझिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख अब कहां तक जा रहा है ये लाख तक जा रहा है लाख तक जा रहा है ना फिर से पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख जो सोच रहे हैं पढ़ कहां फिर रहे हैं ऊपर लिखे नकल कह लो अकल लगा के हाँ ठीक है तो लाख तक जा रहा है लेकिन यहाँ एक बात समझिए दफ मुंह से नहीं निकल रहा है ना सिर्फ लाख निकल रहा है ओनली लाख पर वन पर तो जिस पे लाख निकल रहा है उसको ऐसे कामा लगा लो यानी एक लाख कितना हो गया एक लाख अब बाकी तो वही सब बचा है ना हाँ इक्यावन हजार तीन सौ ग्यारह हो गया ना समझ रहे हो ना अभिषेक यादव कन्हैया ठीक है बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं ना ठीक है चलिए मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा ही मैं टाइम लगा दे रहा हूँ का इसमें इसी तरह से आप लोग और आगे पढ़ लेंगे अगर 10 लाख होता है तो आप दो गिनती मिला के बोलेंगे ठीक है करोड़ होता है तो आप एक गिनती फिर 10 करोड़ मतलब दो गिनती मिला तो ये टॉपिक बदल दें क्या आप? मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हैं हम्म बोर हो रहे हैं ना रहने देना ठीक है जी बोर हो रहे हैं ना वो मुझे एक थी जवाब दे दें फिर हम बंद करते हैं इसको अगला टॉपिक चलते हैं एक सुन लीजिए थोड़ा सा प्यार से थोड़ा सुन लीजिए बताइए कितने अंक का होना चाहिए आठ अंक का कम से कम हम्म बताइए इसको क्या पढ़ेंगे यही बता दीजिए फिर हम लोग टॉपिक बदल के चलते हैं स्थानीय मान पर जल्दी बताइए अरे अब आ ही रहा है सबर कर रहे हो इतना देर थोड़ा और कर लो चलो बताओ जल्दी करो फटाफट फटाफट फट्ट बताते चलो भाई नीचे वाला भी बता दीजिए जल्दी करिए देर नहीं मिस्टर सरवन तुम चाहे सोई जाओ चाहे क्या बोलू मैं आगे क्लास में नहीं बोल सकता तुम्हारा जो मन करे वो करो लेकिन दूसरे को मत डंडा करो हाँ तुम्हारा जहां मर्जी वहां जाओ अगले को ना डिस्टर्ब करो बस संजय बेसिक का जो फ्री क्लास है इस सिर्फ रविवार को चलता है ओनली संडे रात दस बजे तो सॉरी नौ बजे सिर्फ संडे को बस बाकी बेसिक ओसिक बहुत हो गई ओवर हो रही भाई मन्नू तिवारी ने बताया है तीन करोड़ ये करोड़ की स्पेलिंग गलत है आपकी सी से होता है करोड़ लिखा जाता है सी ए आर ओ आर ठीक है सी ए आर ओ आर लिखा जाता है करोड़ ऐसे नहीं लिखा जाता है ठीक है फिलहाल आपने कोशिश किया और न, काफी लोगों ने बताया मुझे लग रहा है सब जग रहे का काजल गुप्ता का भी कमेंट आ गया कुछ लोग तो अभी तक मुंह में दही जमा के बैठे थे लग रहा निकल गए अब बोलने लगे हैं सन ऑफ गॉड फादर छवि गुप्ता करोड़ करोड़ लाख लाख बहुत अच्छे वेरी गुड अंजलि सिंह तीन करोड़ लाख पैतीस हजार नौ यानी ठीक है लगभग सब जान रहे हैं तो देखिए अगर आपने इन सब को कर लिया तो मान लीजिए कि हो गया काम इसका खत्म अब आगे बढ़ते हैं कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि इसमें और देर तक झल्वाया जाए है ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे ठीक है भाई ठीक है ठीक है तो आप लोग इसको कर लेंगे अच्छा एक बड़ा ही आसान सा मैं बता दूं आपको और आप सुन लो प्यार से हम्म चलिए प्यार से सुनिएगा अब वो क्या है इधर देखिए अगर मैं इसमें सुनना सुनना भर देता हूँ भाई कितने अंक था यह मालूम नहीं Hmm, मुझे नहीं पता कितने अंक का था ये ठीक है फिलहाल तीन है मैं छः जीरो लगा देता हूँ